हेलो एवरीवन वेलकम टू सैनिंग नॉलेज टुडे वी डिस्कस अबाउट ए एशियन डेवलपमेंट बैंक यूफे वी कंप्लीट ऑल फैक्ट ऑफ आरबीआई इफ यू नोट टू वॉच इट देन क्लिक ऑन देन क्लिक ऑन आई बटन यू कैन सी डेट सो लेट वी स्टार्ट नाउ ए एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था तो जो कि एशियन कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फॉर्मेशन होती है नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन जिसके फाउंडिंग कंट्री थे, वो थे थर्टी वन मम्बर जिसमें एक इंडिया भी इंडिया भी शामिल था फाउंडिंग कंट्री में और टोटल मेंबर एट एटेंट टाइम वो सिक्सटी एट लास्ट मेंबर, जो सिक्सटी एट है वो न्यू ए, यू कैन सी ऑन द मैप दीज आर दंट्री आर दंट्री बीच आर दम्बर ऑफ ए डी वी दिस पैसेफिकंड ऑस्ट्रेलिया यू एस ए आर द मेम्बर ऑफ ए डी वी एंड प्रेजेंट टाइम यू एस एंड जापान होल्ड द लार्जस्ट शेयर विशेष टोल फंड टोल फंड सेवन फाइव सिक्स परसेंट ऑफ टोटल इसका हेडक्वाटर की बात करें तो वह मंडालूयोंग सिटी मंडालुय सिटी मेट्रो मेट्रो मंडेला एंड फिलीपींस आपको इतना याद रखना है फिलीपेंस के मनी ए, sorry, मनीला सॉरी यहाँ मंडे की जगह मनीला होना चाहिए दोस्तों मनीला सॉरी फॉर दिस तो इसका हेडकोार्टर है मंडालय सिटी मेट टू मनीला फिलीपींस आपको इतना लर्न करना है फ़िलीपेंस के मनीला में इसके प्रेसिडेंटेंटी प्रेसिडेंट है मसद सगु आसाकावा मसद सगु आसाका जो कि जापान से है इसके अक्सर प्रेसिडेंट जापान से ही होते हैं क्योंकि ए में सबसे ज़्यादा शेयर इसी जापान का ही है इसके लिए इसलिए इसके प्रेसिडेंट भी जापान से ही होते हैं और बाइस प्रेसिडेंट वो है हमारे इंडिया, इंडिया के अशोक लबासा जो कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं इन्होंने 15 जुलाई 2020 को बाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला तो कंप्लीट uh, हो गया दोस्तों ए और आज हम uh, आज का क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है क्या ए डी वी इंडिया है यदि है तो ए में इंडिया का शेयर कितना है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो